बचाए मुझे पर जाने दिया होता क्यों क्यों रंबा जी से इतनी निराश हो, तो कुछ लेती <laughs> रुको अरे क्या किस से लो पति है जो कुछ दे नहीं पाता बैलेंस नील है मगर खुला है खाता कैसा भाग्य लिखा है ये तो दुख खत्म नहीं होता बे <laughs> अभी और सुनिए लो क्या हो रहा है मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राज मर क्यों नहीं जाता न्याय करो कम न्याय करो